आज की जो वीडियो ये कंटेंट देख के जरूर देखो और पहचानो कौन है ये तो इस कंटेंट के ऊपर वीडियो है और इस कंटेंट के ऊपर आप इस दोनों में के फोटो को पहचान दे तो कमेंट करके जरूर बताना बाकी तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो वीडियो करते हैं शुरू भाई होली आ रही है तो थरा भाई जोगिंदर जा रहा है पिचकारी और कलर लेने के लिए जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर इतनी पिचकारी ले आएगा इतने कलर ले आएगा ए जोगिंदर काले मुख बंदर पिचकारी डाल दे अपने गांड के अंदर <laughs> जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर हा भाई पता है जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर भाई पता है जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर भाई नाई की दुकान पे ला गया था आज बाल कटवाने के लिए से चुपचाप जो जोगिंदर फरा भाई जोगिंदर तू गया था नाई की दुकान पे लाया कंगा इसलिए डाल ले तेरे गांड में और अपनी खुजली मिटा दे आपको कम कम बताया जा रहा है। ने बता रे, बताओ ज्यादा बताओ और बढ़ेंगे तुम्हारे 1.6 पॉइंट मिलियन गए तुम्हारे बता बता के बताओ और तुम्हारे वही से न सब लड़के की रात की नींद उड़ गयींदर हरा भाई No, no, no, no, no, no, no. ला भाई, भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहूंगा